जेंटलमैन एक लाख त्रियासी हजार लोगों की डेथ रोज होती है दुनिया के अंदर यूक टू नो एक लाख त्रियासी हजार लोग इस दुनिया को छोड़ के रोज चले जाते हैं पैंतीस हजार लोग हिंदुस्तान में रोज मरते हैं अगर आप इसको पर सेकंड एवरेज निकाले तो 2.06 यानी हर सेकंड के अंदर दो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं पिछले एक घंटे में हम बात कर रहे हैं न जाने कितने लोग स्वर्ग को प्राप्त हो चुके होंगे लाइन लगी है खटखट खटखट खट, निकल रहे हैं लोग आप और हम भी निकल जाएंगे दुनिया का कोई आदमी हमको अश्वत्थामा तो है नहीं है ना अजर अमर तो है नहीं हम हनुमान जी की तरह हम भी जाएंगे लेकिन सवाल यह है कि जाने से पहले और आने के बाद साला जिंदगी का पर्पस क्या है